क्या आपको पता है कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन भी सब कुछ नहीं जानता एक आंकड़े के हिसाब से गूगल पर करीब 5.6 बिलियन लोग अपनी क्वेरीज करते हैं जिसमें से 16 परसेंट सर्च क्वेरीज ऐसी होती है जो कि गूगल पर कभी किसी ने सर्च नहीं की होती है मतलब जो चीज गूगल के लिए भी नहीं होती है नंबर टू आप में ऐसी बहुत ही कम लोगों को पता हुआ की उन्नीस में लेरी पेज और सर्जी ब्रीन में जब एक सर्च इंजन क्रिएट किया था तो उस समय उसका नाम बेकरअप था जिसे चार सितम्बर उन्नीस को गूगल नाम दिया था इन जो गूगल का पहला नाम बेकरप था नंबर थ्री Google के होम पेज एम फीलिंग लक्की नाम से एक बटन होता है और अगर आप सर्च बार में कुछ भी कैप करके इस आई एम फीलिंग लक्की वाले बटन को दबाओगे तो गूगल आपको बिना सर्च रिजल्ट डिस्प्ले किए हुए सीधे पहले नंबर पर आने वाले रिजल्ट पर ही डायरेक्ट कर देगा जो सारे साइट्स को बाईपास करके सीधे रिजल्ट तक पहुँचा देता है और इस बटन की वजह ऐसी गूगल को हर साल दो में लगाए गए अनुमान के मुताबिक हर साल एक मिलियन डॉलर का नुकसान होता है